देव भगवान महादेव शिव और जगत जन माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद मेथा स्वामी अमृतानंद जी यृषानंद जी राम त्यागी जी हमारे स्वामी जी हैं और सब लोग हम लोग श्री जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को जेल में लेने के लिए आए थे लेकिन उनकी रिहाई हो गई है और वो हमें हमारे मिलने से पहले ही चले गए हैं हम उनके उनका हमारा यही तक का साथ था जैसा भी सुखद या दुखद का अनुभव रहा इसके लिए मैं पूर्णतया दोषी हूं मेरी कमजोरी के कारण उन्हें चार महीने से ज्यादा कारावास में रहना पड़ा उनकी कोई गलती नहीं थी उन्होंने केवल सच बोला लेकिन मैं नरसिंहानंद सरस्वती इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं केवल मेरी कमजोरी के कारण उन्हें जेल में भुगतनी बढ़ी मैं, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं मैंने अपना जीवन जितना भी था इस्लाम के जिहाज से लड़ने में लगाया लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल माँ और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूँ मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूँ हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव मेरे जीवन का एक नया अध्याय केवल एक धार्मिक व्यक्ति मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है और मैं अपनी पुराने जीवन की सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर